दया के आस में भगवान तेरे डरे बार आया हूँ दया के आस में भगवान तेरे डरे बार आया हूँ दया के आस में भगवान रे दर बारे आया हूँ बना लो दास तुम मुझको बना लो दास तुम मुझको बहुते ला आया हूँ दया के आस में तेरे दर बार आया हूँ सुना हूँ तुम गरीबोगे धार करते तुम गरीबों के सदाऊ धार करते हो सदाऊ धार करते हो तो हाजिर हूँ गरीबों के तो हाजिर हूँ गरीबों के स्वयं सरदार आया हूँ या के आत्में भगवन तेरे दर बाहर आया हूँ अगर तुम दीन के दाता तो मेरी सुन लो अगर तुम्हें दीनों के दादा तो मेरी दीनेता सुन लो तो मेरी दीनता सुन लो जगत के मोह में डूबा जगत के मोह आया हूँ दया के आज में भगवन तेरे दरे बार आया हूं दया के आज में भगवन है सचितानंद की विनती प्रभु श्री स्वीकार्य कर लेना है सचितानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना प्रभु श्री कार्य कर लेना सदा शोक शरनागत सदा शोक तो शरनागत मेरे सर कार आया हूँ दया के आस में भगवान तेरे दर बार आया हूँ दया के आस में भगवान तेरे डर बारे आया हूँ दया के हाथ में भगवान तेरे डर बार आया हूँ तेरे डर बारे आया हूँ बना लो दास तुम्हें मुझी को बना लो दास तुम्हें मुझी को बहुत लार आया हूँ दया के आस में भगवन तेरे दर बार आया हूँ दया के आस में भगवन तेरे दर बार आया